से आप मोहब्बत कर रहे हैं ना उसे भी पता हो कि आप उससे मोहब्बत करते हैं इजहार मोहब्बत की जरूरत भी होनी चाहिए और इजहार मोहब्बत का सलीका भी होना चाहिए हमें आना चाहिए यह इजहार करना भी कि मुझे मोहब्बत है यह भी हमें आना चाहिए देखो ना लोग नफरतें करते हैं तो उनका इजहार करते हैं कि नहीं और मुझे जी ये बात नहीं पसंद नाराज ना होगा मैं नहीं इस बात को ये तो कहने की ताकत है तो ये कहने की ताकत क्यों नहीं कि मुझे आपसे मोहब्बत है ये कहने की भी तो ताकत होनी चाहिए ना उसने कहा था कि अब तो दुश्मन की अदाओं पे भी प्यार आता है तेरी उल्फत ने मोहब्बत मेरी आदत ही कर दी ओ भाई प्यार का भी तो देखे ना नबी पाक सल्लाम ने वजात की हुजूर फरमाने लगे जब तुम किसी से मोहब्बत करो तो उसे बताओ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मिशक देखिए ना अदीस मौजूद है फरमाया उसे कहो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ माना क्या है उसे बताओ ताकि उसके दिल में भी तुम्हारी मोहब्बत पैदा हो जाए उससे कहो जाके एक सियाबी ने ना एक बंदा गुजर रहा था तो यारसोल्ला मैं इसे मोहब्बत करता हूँ फरमा उठ यारसोल्लाह क्या हुक्म फरमा उसे बता के आके मैं तो मोहब्बत करता हूँ हुजूर ने उठा के भेजा मैंने कहा इजहार मोहब्बत की भी तो होनी चाहिए ना इजहार मोहब्बत की भी तो होनी चाहिए ना शायद इसीलिए हजरत मालिक ने कहा था यारसोल्ला मुझे अल्लाह की कसम मैं रब से भी प्यार करता हूँ रब के रसूल से भी प्यार करता हूँ अबू बकर से भी करता हूँ उम्र फारूक से भी करता हूँ तो नबी पाकाम ने फिर सुन फिर तू जिस चीज़ से मुहबत करता है उसी के साथ तुझे जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो सलीका भी तो होना चाहिए ना महबूब ने फरमाया जा बता क्या तो सियाबी गए जाके कहा कि मैं अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करता हूँ तुमसे तो वो भी सियाबी थे कहने लगे अच्छा अगर तू रब की रजा के लिए मुझसे मोहब्बत करता है, तो मेरी दुआ है रब भी तुझसे मोहब्बत ही करे